मुझे तू सिर आने मेरे सोच के तेरी बातें हम मुस्कुराने लगे दिल से निकल गया है कब सौपे आने